नमस्कार मैं और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर आज की क्लास स्टार्ट करने वाले साधारण ब्याज एवं प्रश्न देखने वाले हैं जो कि व्यापक और पीएससी में प्रत्येक बार एग्जाम में दो से तीन नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे कि हाल ही में हुआ था उसमे एक से दो नंबर वहां से साधारण ब्याज और से प्रश्न देखने को मिला था तो जैसे कि आप अधीक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले हैं तो उनके लिए बेस्ट क्लास लेकर आए हैं आज का पहला क्लासेस है साधारण ब्याज और चक्र से पहला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके ऐसे चार प्रकार के क्वेश्चन बताऊंगा जो की साधारण ब्याज से एक नए क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल जाएगा ऐसे चार टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में चाहे पी हो चाहे व्यापम हो आपके एक नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं व्यापम और पी का मतलब होता है पी एच सी तो आज ऐसे क्लास लेकर आए हैं जो आपकी व्यापम और पी एस सी में पूछा जाएगा तो क्लास स्टार्ट हो चुका है दिवाली का सीजन भी खत्म हो चुका है दिवाली का दूसरा दिन है ठीक है तो आज ये क्लास स्टार्ट करते हैं एक नए समय पर स्टार्ट हुआ है गणित की क्लास तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि दो दिनों से क्लास स्टार्ट हो चुका है जो लोग छात्रावास अधिक्षक की तैयारी करना ही चाहते हैं तो वीडियो पर कमेंट कीजिए कि जी सर हम तैयार हैं छात्रावास शिक्षक की तैयारी के लिए तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इस समय ठीक है।, है तो गणित की जो क्लास है आज से स्टार्ट हुआ है शाम पाँच बजे से शाम पाँच बजे से गणित की क्लास छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की जो क्लास है रात आठ बजे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की क्लास सुबह नौ बजे ठीक है ये तीनों ही क्लास डेली क्लास कराया जाएगा हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट पर हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइएगा पूरा क्लासेस मैं करा चुका हूँ ठीक है एडियो छात्रा व शिक्षक सचर ये तीनों ही क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है जो लोग फिर से तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए नया अवसर है बिल्कुल फ्री क्लासेस रहेगा दस दिनों का बिल्कुल फ्री कोर्स रहेगा ठीक है आप सभी के लिए क्रैश कोर्स लेकर आया हो ठीक है तो चलिए आज की क्लास देखने हैं साधारण यानी कि आपको चार प्रकार के टॉपिक में बताऊंगा वहां से आपको एक ना एक एग्जाम में देखने को मिल सकता है तो चलिए सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं सबसे पहले फार्मूला देखेंगे यहाँ से आपके प्रश्न बिल्कुल आएगा ही आएगा सौ की गारंटी है अगर यहाँ से आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलता ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में नहीं मिलता तो सबसे पहले मैं आप सभी को कहता हूं कि वीडियो को डिसलाइक कर देना यहां तक कि सब्सक्राइब को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो चलिए यहां पर देखेंगे ठीक है, है तो सबसे पहले साधारण तो समझ लीजिएगाज का फॉर्मूला है यहाँ पर गुणितर गुण समय बटा सब आपका साधारण ब्याज के लिए फॉर्मूला हो गया ठीक है इसको हम इंग्लिश में कैसा लिख सकते हैं तो इसको देखिएगा R T बटा P का मतलब होता है मूलधन R का मतलब होता है दर और T का मतलब होता है समय स मतलब प्रतिशत ठीक है तो यहाँ पर साधारण ब्याज का फार्मूला आप सभी को बता दिया हूं समय से देखेंगे तो समय के लिए फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज उसके बाद गुण सौ गुणा दर बटा मूलधन ठीक है तो यहाँ पर साधारण ब्याज गुण दर मूलधन हो जाएगा तो साधारण ब्याज को हम एस भी लिख सकते हैं ठीक है एस का मतलब साधारण ब्याज उसके बाद ये गुना हो जाएगा आपका दर का मतलब r और t का मतलब आ, और मूलधन का मतलब p ठीक है ये इंग्लिश में हो जाएगा उसी प्रकार दर के लिए फार्मूला तो तो दर के लिए एक ऐसा फार्मूला जाएगा दर के लिए साधारण ब्याज गुना सौ बटा मूलधन गुना समय तो उसको कैसे लिख सकते हैं एस आई गुना सटा मूलधन को क्या लिख सकते हैं पी गुना को ले तो ले ले सकते सकते हैं हैं T आप तो ठीक है इसको इसको से ले, ले हम चार प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे पहला प्रश्न आपके सामने जो कि व्यापम 2018 में प्रश्न पूछा गया है तो चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न देखेंगे आप सभी को मैं बताया था कि चार प्रकार का क्वेश्चन बताऊंगा जो की व्यापम और पी में एग्जाम में आया हुआ है यानी की रिलेटेड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर संख्या आपका चेंज कर जाएगा। लेकिन रिलेटेड तो क्वेश्चन क्या है मिश्र धन क्या हुआ ये पी एच डी दो हजार अठारह में पूछा गया है यानी की ऐसा क्वेश्चन जो की एक हजार की राशि का तीन परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से कितना परसेंट तीन परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से यहाँ पर दो वर्ष का साधारण ब्याज व मिश्र पूछा गया है ऐसे क्वेश्चन जो कि व्यापम और पी में अक्सर पूछा जाता है तो साधारण ब्याज बनाएंगे उसके बाद तो देखिएगा ध्यान से समझिएगा ऐसे ही क्वेश्चन आपके व्यापम में पूछा जाता है तो चलिए आज का पहला सवाल हम हल करते हैं एक हजार की राशि का तीन वार्षिक ब्याज की दर से दो वर्ष का साधारण ब्याज व मिश्र क्या होगा तो सबसे पहले मिश्र का फॉर्मूला आप सभी को बताया था मिश्र ठीक है मिश्र का फार्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज ठीक है क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज आपका फार्मूला हो जाए मिश्रधन निकालने के लिए और साधारण ब्याज का मैं फार्मूला बताया था साधारण ब्याज का फार्मूला हो जाएगा आपका साधारण ब्याज का फार्मूला हो जाएगा पी आर टी बटा सॉ ठीक है पी का मतलब होता है मूलधन आर का मतलब होता है दर टी का मतलब होता है समय तो चलिए इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो आपका पी का मतलब कितना है मूलधन आपका एक हजार रुपए ठीक है कितना हो जाएगा? एक हजार रुपएगा आपका हंड्रेड अब चलिए इसको कैंसल करते हैं तो यहाँ पर दो जीरो और यहाँ पर दो जीरो कैंसल हो जाएगा तीन दून छ अच्छा का साठ यानी कि आपका साठ पर यहाँ पर ब्याज निकल कर आ जाएगा कितना आ जाएगा साठ परसेंट ब्याज निकलकर आपका आ जाएगा अब पूछा क्या गया है मिश्रधन ज्ञात करना है ठीक है तो मिश्रधन कैसे ज्ञात करते हैं तो मिश्रधन के लिए आप सभी को मैं फार्मूला बता चुका हूं तो मिश्रधन का फार्मूला क्या है जल्दी से कमेंट कीजिएगा मिश्रधन का फॉर्मूला होगा आपका मूलधन प्लस ब्याज तो आपको मूलधन जितना है एक हजार रुपए ठीक है और आपका ब्याज कितना निकल कर आया है साठ परसेंट आपका ब्याज निकल कर आया है ठीक है कितना परसेंट निकल कर आया है साठ परसेंट ब्याज निकल कर आया है तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर मिश्रधन का फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर फॉर्मूला है मूलधन प्लस ब्याज तो मूलधन आपका कितना है मूलधन आपका एक है प्लस ब्याज कितना निकल कर आया है साठ निकल कर आया है तो इसको जोड़ देंगे तो आपको कितना आ जाएगा एक आ जाएगा पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि एक की राशि का तीन परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से दो वर्ष का साधन ब्याज व मिस क्या होगा तो आपका साधन ब्याज निकल कर आ गया है परसेंट उसी प्रकार यहाँ पर मिश्र धन भी निकल कर आ गया गयाधन एक हजार रुपया और साठ परसेंट ब्याज निकाल दोनों को हम जोड़ देंगे तो एक हजार साठ रुपया आ जाएगा ये आपका सॉल्व हो चुका है इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे मैं आपको चार तरीके से बताऊंगा ठीक है चार क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो की आपके व्यापार विषय में पूछा जाएगा चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन ले सकते हैं सेकंड क्वेश्चन देखेंगे सेकंड क्वेश्चन आपके व्यापम में पूछा गया है यदि चार परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से तो सेकंड क्वेश्चन कहता है यदि चार परसेंट ठीक है चार परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से दो वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितने वर्ष के लिए दो वर्ष के लिए ठीक है दो वर्ष के लिए साधारण ब्याज नोट कीजिएगा इसको दो वर्ष के लिए साधारण ब्याज ठीक है साधारण ब्याज साठ कितना है साधारण ब्याज कितना है साठ हो तो आपका मूलधन क्या होगा क्या निकालना है आपको मूलधन निकालना है ठीक है क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा क्या निकालना है आपको मूलधन निकालना है एग्जाम में आपको ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है आप सभी को मैं बताया था साधारण ब्याज होता है क्या है तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बट्टा सब तो एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछता है समय से पूछेगा एक तो मूलधन से पूछेगा एक तो दर से पूछेगा या फिर साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए पूछेगा तो आप सभी को पहला क्लास में बताया था कि साधारण ब्याज और क्या होता है ठीक है अब चलिए सेकंड क्वेश्चन है आपका ये आपका पी में पूछा है साथ ही एसएससी और रेलवे के एग्जाम में आया हुआ है यदि चार वार्षिक ब्याज की दर से दो वर्ष का साधारण ब्याज साठ है तो मूलधन कितना होगा तो चलिए मूलधन कितना होगा हम देख लेते हैं यहाँ पर मूलधन के लिए फार्मूला आप सभी को बताया था मैंने चलिए देखिए मूलधन के लिए फॉर्मूला आपको बताया था मूलधन का होता क्या है देखिए मूलधन का होता है आपका साधारण ब्याज गुना दर गुना समय तो मूलधन के क्या हो जाएगा साधारण ब्याज गुना सटे सा। दर गुना समय तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दर गुना समय अब चलिए इसमें हम मार्ग रख लेते हैं ठीक है तो साधारण ब्याज कितना है साठ रुपया से गुना कर देंगे उसी पर कर कर दो और इधर चार ठीक है दो गुना चार इसको कैंसिल करते हैं कितना जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं चार सी का पच्चीस बार में जाएगा उसी पर दो इसको काटते हैं तो तीस बार में जाएगा ठीक है ठीक है कितना आ जाएगा तीस गुना तो इसको चलिए गुना कर देते तो आपस में तो कितना आ जाएगा तो देखिये अब इसको पच्चीस से गुणा करेंगे पच्चीस शून्य शून्य पचीस किया पचहत्तर यानी कि सात सौ पचास रुपया इसका आ जाएगा मूल है ठीक है यदि चार परसेंट वर्षिक व्याज की दर से दो वर्ष का साधन ब्याज साठ रुपया होता है तो प्रश्न है।, है? है जो की पीएससी और व्यापार और एस एस सी रेलवे जितने भी क्वेश्चन है उसमें आया हुआ प्रश्न है ध्यान से समझिएगा मैं तीसरा क्वेश्चन ऐसे टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि आपकी व्यापम पी एस सी रेलवे जितने भी एग्जाम में होता है वही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है ठीक है तीसरा क्वेश्चन आपका है तीसरा क्वेश्चन है आपका चलिए नोट कीजिएगा तीसरा क्वेश्चन कितने, कितने, कितने समय में कितने समय में पांच सौ रुपए कितने समय में पांच सौ रुपए का चार परसेंट वार्षिक ब्याज की दरअसल छह सौ रुपए हो जाएगा चार परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से ठीक है वार्षिक ब्याज की दर से 620 रुपया हो जाएगा ये आपका तीसरा क्वेश्चन है तीन प्रकार का क्वेश्चन ये उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखने वाला है ठीक है कितने समय में पांच सौ का 4 परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से ठीक है यहाँ पर छह सौ हो जाएगा तो इसके लिए मैं आप सभी को फार्मूला बता रहा था ब्याज की। लिए ब्याज का फार्मूला बताया आपका यहाँ पर ब्याज पूछा गया है ब्याज निकालना है ठीक है ब्याज छह सौ हो जाएगा यानी कि यहाँ से माइनस कर देंगे तो 620 सौ बीस माइनस पांच बराबर एक सौ बचेगा क्या पूछा गया वार्षिक ब्याज की तरह से साधारण ब्याज होता क्या है ठीक है तो साधारण ब्याज होता क्या है तो समय के लिए पूछा गया है कितने समय में समय पूछा गया तो समय के लिए आप सभी को फार्मूला बताया था क्या फार्मूला बताता है समय बराबर होता है है समय साधारण साधारण ब्याज ब्याज ठीक बटा पूछा गया है तो दर गुना मूलधन यह हम हाँ मान रख लेते हैं ठीक है तो चलिए मान रखते हैं यहाँ पर तो आपका यहाँ पर हो जाएगा साधारण ब्याज कितना दिया था आपका एक कितना दिया था ए, ये सॉरी ये आपका कितना निकल कर आता है एक सौ बीस रुपये निकल कर रहा था ठीक है उसके बाद सौ से ही गुना कर देते हैं ठीक है इसके बाद आपको पूछा गया अच्छा ये आपका यहाँ से आ जाएगा चार परसेंट ये आपका हो जाएगा पाँच सौ रुपये ठीक है ये आपका पाँच सौ रुपये दो जीरो और दो जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से इसको काट देंगे चार या बारह या आपका तीस आ जाएगा पाँच छः का यानी कितना हो जाएगा छः कितना आ जाएगा छः ठीक है नोट कीजिएगा इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि चार तरह का क्वेश्चन हो जाएगा ठीक है मैं आप सभी को तीन क्वेश्चन बता चुका हूं व्यापम और पीएससी का इसके बाद चौथा क्वेश्चन है जो कि प्रत्येक एग्जाम में हर बार पूछा जाता है हर बार बार बार पूछा जाता है ठीक है नोट कीजिएगा चौथा क्वेश्चन इसको स्क्रीन ले सकते हैं ठीक है चाहे व्यापम पीएससी एस जितने भी एग्जाम की तैयारी करें आपका साधारण ब्याज और चकृति व्याज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है चलिए, लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं चौथा क्वेश्चन ठीक है जो कि सी में पूछा गया कितने परसेंट वार्षिक व्याज की दर से राशि आठ वर्षों में दोगुना हो जाएगी ठीक है कितने वर्षों में कितने वर्षो में साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज की दर से राशि आठ वर्षों में दो गुना हो जाएगी ठीक है मतलब कितने वर्षों में साधारण ब्याज की दर से राशि आठ वर्षों में दो गुना हो जाएगी कितने पूछा है आठ वर्षों में इसको तो ये से समझे क्या क्वेश्चन पुछ पूछा गया ठीक है कितने वर्षों में साधारण ब्याज की जो दर है आठ वर्षों में राशि आठ वर्षों में दोगुना हो जाएगी इसके लिए फॉर्मूला तो हो जाएगा यहाँ पर दर पूछा गया है। कितने वर्षो में साधारण ब्याज की दर से यह आपको दर निकालना है ठीक है फॉर्मूला हो जाएगा साधारण ब्याज गुणा सवटे यहाँ पर आप लिख सकते हैं दर गुना मूल ठीक है तो चलिए इसका कर सॉल्व करते हैं तो आपका साधारण ब्याज कितना आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा सौ ठीक है सौ रुपए ये साधारण ब्याज आपको निकालना है दो गुना पूछा गया ठीक है तो आपको यहाँ पर आठ आ जाएगा उसी प्रकार इसको छोटा रूप में लिख सकते हैं ठीक है तो चार से काटेंगे चार दुना आठ और पच्चीस यानी कि पच्चीस बटा ये आपका आंसर आ जाएगा इसको और छोटा रूप में लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं बारह सही एक बटा दो यह आपका आंसर आ जाएगा यह आपको साधन क्वेश्चन देखने को मिल सकता है चार प्रकार का जो कि रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकता है इसको अच्छे तरीके से घोल कर पी जाइएगा या फिर एग्जाम दिलाने से पहले एक बार वीडियो को देख लीजिएगा या फिर डाउनलोड कर लीजिएगा ठीक है मैं आप सभी को यही निवेदन करता हूँ कि बार बार डेली क्लासेस करते रहे शाम पाँच बजे डेली क्लासेस आपको कराया जा रहा है अगर जो लोग तैयारी करना चाहते हैं व्यापम पी एस सी की आपको मैं गारंटी देता हूँ नब्बे परसेंट तैयारी कराऊँगा आपको ठीक है अगर वीडियो में आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता तो वीडियो को बिल्कुल डिसलाइक कर देना अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों आज के